पान को दरद पाने को दिल करता है दरद पाने को दिल करता है तेरा पाने को दिल करता है दर्द तेरा पान दिल करता है खुद तो को मिठान दिल करता है, तेरा दर्द पाने को दिल करता है। मुझे तुम मशी के प्याले ला दो मुझे तुम मशी के प्याले महसी के प्याले महसी के प्याल में आने को दिल लेकर था I'm gonna get it done. तेरे मोहब्बत की दरिया मेरा डूब के दौरिया तेरा दरक पाने को दिल चाहता है को मिटाने तो दिल चाहता है को मिटाने चाहता है तेरा दरक चाहता है तेरा दरख ले तो तेरा नजरे का धोखा ये दुनिया है ले तेरा नजरे का धोखा इसे ठोके तरह दिल कोता है को दिल नजर तेरा पा दिल करता है राजरत पान तो दिल करता है को विद तो दिल करता है दरस पान को तो दिल करता है।